दोस्तों फिल्म हीरा मंडी को लेकर संजय लीला भंसाली ने बताया कि वह 14 साल पहले यह वेब सीरीज इसलिए नहीं बना पाए क्योंकि अन्य फिल्मों में व्यस्त थे साथ ही यह भी बताया कि वेब सीरीज को बनाने में फिल्मों से डबल समय लगता है संजय लीला भंसाली बॉलीवुड में सबसे बेहतरीन फिल्मों के लिए जाने जाते हैं संजय लीला भंसाली ऐतिहासिक और सुपरहिट फिल्मों के लिए काफी मशहूर हैं वह अपनी आने वाली वेब सीरीज हीरा मंडी के जरिए डिजिटल डेब्यू करने जा रहे हैं अट्ठारह फरवरी को हीरा मंडी का फर्स्ट लुक लॉन्च हो चुका है जो सोशल मीडिया पर छा गया हीरा का फर्स्ट लुक देखने में बेहद शानदार है हीरामंडी के टीजर लॉन्च इवेंट के दौरान संजय लीला भंसाली ने इस वेब शो को लेकर बात की थी निर्माता ने कहा कि मैं मोइन बेग का शुक्रिया अदा करता हूँ उन्होंने ही यह आइडिया मुझे 14 साल पहले दिया था लेकिन उस दौरान मैं देवदास पर काम कर रहा था फिर उसके बाद बाजीराव मस्तानी तैयार की इसलिए हीरामंडी की कहानी पर ध्यान नहीं दे पाया था उसके बाद एक दिन मोइन मेरे पास आए और उन्होंने अपनी स्क्रिप्ट मांगी उन्होंने बताया कि बीते तीस सालों में दस फिल्में तैयार की हैं इसके अलावा हाल के कुछ सालों में तीन फिल्में तैयार की हैं इसके बाद अब आठ एपिसोड तैयार कर रहा हूं उन्होंने कहा कि हीरा जैसा शो बनाना बहुत ज्यादा डिमांड में है ये बहुत मुश्किल है इसमें बहुत सारे ट्रैक होते हैं इसके चलते आपको अपने काम के लिए अलग रहना पड़ता है संजय लीला भंसाली ने बताया कि उन्हें फिल्मों के मुकाबले वेब सीरीज बनाने में दो गुना समय लगा है उन्होंने कहा कि सीरीज बनाने के दौरान अगर आप किसी भी शॉट को मिस करते हैं तो आपको वापस से स्क्रिप्ट को देखनी पड़ती है उन्होंने बताया कि फिल्में बनाते समय जितना समय लगता है वेब सीरीज़ में उससे दोगुना समय लगता है वेब सीरीज़ बनाने में आपका पूरा ध्यान सिर्फ उस पर होना चाहिए उन्होंने कहा कि मैंने हीरा मंडी में अपना बेस्ट रख दिया है सीरीज में कई बड़ी एक्ट्रेस शामिल हैं आपको बता दें कि हीरा मंडी की कहानी भारत की आज़ादी से पहले चल रहे वैश्यालय पर बनी है इस सीरीज में प्यार धोखा और राजनीति का भरपूर तड़का नजर आने वाला है वेब सीरीज में अदिति राव हैदरी सोनाक्षी सिन्हा रिचा चर्धा संजीदा शेख जैसे कलाकार दिखने वाले हैं दोस्तों इस सीरीज को लेके आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जब तक के लिए गुड बाय